तो हेलो ग्राइज़ कैसे हैं आईओप आप अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा कंटेंट है मैं आपको बता दूँ रेडमी का सेवन ए ये रेडमी का एक सेवन ए मॉडल है हमारे पास और इसमें प्रॉब्लम थी आ, लाइट की प्रॉब्लम थी डिस्प्ले लाइट नहीं आ रही थी तो हम इसको एंडलेस सोल्यूशन देने वाले हैं लास्ट तक सोल्यूशन देंगे ऐसा नहीं कि काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि आप यहाँ से ये कर दो वो कर दो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर दो

तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है नहीं मैं यहाँ पे आपको इनलेस सोल्यूशन देने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट इन तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल में कमेंट करके और सब्सक्राइब करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो क्योंकि ये जो वीडियो है मैं यहाँ पर रेडमी सेवन का जो मैं यहाँ पर आपके सामने में दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें और मैं इसके बारे में फुल डिटेल करने वाला हूँ इनलेस सोल्यूशन करने वाला हूँ कि रेडमी सेवन अगर आपके पास कभी भी लाइट प्रॉब्लम आता है

तो आप बिल्कुल ही बना सकते हैं ऐसा नहीं कि कहीं से भी प्रॉब्लम एक जगह से हो हर जगह से हो सकता है ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है पीछे हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोन भी रखा हुआ है तो आपको हम दो...

चालू करके भी दिखाएंगे क्या इसमें ग्राफिक्स आ रहा है एक नहीं आ रहा है ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ जो भी है जेनवन वीडियो है और यहाँ पे क्योंकि मैं एक हाथ से बनाता हूँ तो जितनी हो सकता है उतनी क्लियर के साथ आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और सब स्टेप बाय स्टेप देखिएगा वीडियो को मिस मत करिएगा नहीं तो आप शायद हो सके ना बना पाए डायरेक्ट सोल्यूशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपको नॉलेज होना इस फील्ड में बहुत ज़रूरी है

तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं ये हमारा डिस्प्ले का कनेक्टर है और इसमें डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स यहाँ पे दोनों चीज़ यहाँ पे इनबिल्ड है ठीक है तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो सबसे ग्राफिक्स तो आ रही थी पर यहाँ पे जब ये फ़ोन आया था तो किसी टेक्निसन ने काफ़ी ज़्यादा इसमें छेड़ा हुआ था तो इसमें लाइट नहीं बन रही थी तो इसमें एक्चुअल में काम भी किया हुआ था

तो मुझे मैं आपको सारा चीज यहाँ पे बताऊंगा यहाँ पे एंडलेस सोल्यून तो वीडियो को लास्ट टेन तक जरूर देखिएगा तो चलिए ये जो आप पिन कनेक्टर्स को देख रहे हैं तो इसका जो पहली पिन है यहाँ से अगर मैं लेफ्ट से बात करूँ इसकी जो पहली पिन है वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि इसका पास जो क्या बोलते हैं पर आप वो छोड़ दो आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड से ऊपर की लेफ्ट साइड से आप काउंट करोगे तो पहली पिन

और यहाँ पे चौथी पिन और यहाँ पे पांचवी पिन और यहाँ पे नौवीं पिन ये हमारी है डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है फ्रेंड ये हमारी डिस्प्ले लाइट का सेक्शन है फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको क्योंकि मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो आपको मल्टीमीटर से मैं चेक नहीं करा पाऊँगा मैं आपको फुल डिटेल दे देता हूँ आप इसीलिए जो भी प्रॉब्लम आप में आएगी आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे फ्रेंड तो चलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूँ पहले पिन पर रीडिंग आनी चाहिए क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप करना है आप डायरेक्ट इसकी आई पे नहीं चले जाएँगे सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा जो कनेक्टर है उसमें क्या कंडीशन बन रही है आप पहले उसकी कंडीशन

चेक करोगे उसके बाद आगे बढ़ोगे फ्रेंड हमेशा की तरह तो सबसे पहले आपको हर एक सेक्शन में उसकी कंडीशन को चेक करना है उसके बाद ही आपको आईसी पे जाना है और आईसी पे जाने के बाद क्या चेक करना होता है मैं वो सारा इंडेस इसीलिए देने वाला हूं तो चलिए सबसे पहले हमें क्या चेक करना है यहाँ पे इसकी पहली पिन पे रीडिंग आनी चाहिए जी आनी चाहिए और जो पहली पिन है वो इसकी है लाइन है पहली पिन इसके फिर तीसरी चौथी नंबर की पिन है हमारी कैथोड टू

हमारा जो पहला पिन है वो सॉरी एनोड की लाइन है फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ थोड़ी सी क्योंकि हो जाता है ये जो हमारी पहली पिन है वो एनोड की लाइन है ट्रेंड तो हमारी एनोड पे हमारी रीडिंग आनी चाहिए फिर चौथी नंबर हमारी कैथोड टू है और पाँचवें नंबर कैथोड वन है तो हमारी सर चार और पाँच और एक मतलब हमारे ये एनोड की लाइन और हमारी कैथोड वन और कैथोड टू और उसके बाद जो नाइन नंबर की लाइन है वो हमारी सी ए बी सी की लाइन है तो सर हमारा नौ ये चार पिनों पर हमारी रीडिंग आनी चाहिए और चारों की मैं सप्लाई के बारे में बताता हूँ अगर यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है तो मतलब ट्रैक हमारा सही है

जब ट्रैक सही है तो फिर तो तो तो तो तो बात तक अगर पे रीडिंग नहीं आती ट्रैक में या तो तो होता या बी तो आता तो हमारा होता, वन हो तो चलिए अब यहां पर देखते हैं रजिस्टर है सारी चीजें जैसा कि मैं आपको बता दू अब चलिए मैं इसके आईसी के पास ले चलता हूँ आपको

आईसी के पास ले चलता हूं। तो इसका जो आईसी का सेक्शन है इसकी जस्ट कॉलकम सी लगा हुआ है इसकी एम के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एम के जस्ट ऊपर फ्रेंड। इसका यहाँ पे आईसी का लाइट का सेक्शन है ये ये जो एरिया आप देख रहे हो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये जो एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे ये पूरा इसका लाइट का सेक्शन है तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर करना चाहता हूँ तो जब आपका आपने देखा कि ट्रैक हमारा सही है तब आपको सीधा आई पे जाना है लोग डायरेक्ट आई पे चले जाते हैं और आई पे काम करते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए सबसे पहले हमें उसकी कंडीशन चेक करनी होती है हमारे जो कनेक्टर है उसकी

में कंडीशन सपोज ये हमारा डिस्प्ले होता तो हमें इसकी पहले कंडीशन चेक करनी है तो हमने यहां पे बता दिया है कि आपको फर्स्ट 4 5 और 9 नंबर पिन पे आपको चेक करना है कि हमारी ट्रैक सही है कि नहीं अब जब ट्रैक सही है तो जाहिर सी बात है हमें आईसी से प्रॉब्लम होगी तो इसका जो लाइट सेक्शन है आप यहां पे देख सकते हो इसका लाइट सेक्शन है तो D8 मैं यहां पे आपको बता दूं इसका जो आईसी नंबर है वो D8 है ठीक है

ये हमारी आईसी नंबर है डी एट अब उसके बाद तो मैं बता दूं उसके पास में जो जो लगा हुआ है ये लाइट आईसी का बूस्ट कोयल है और ये लाइट आईसी का डायोड है तो आप इसको भी पहचान सकते हैं कि हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे लगा हुआ है बूस्ट कोयल डायोड और कैप्सीटर ये तीन चीज़ हमारा मेन होता है जैसा कि मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दूँ ये तीन चीज़ें मेन होती है तो फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या क्या किया सारी चीज़ें सबसे पहले डायग्नोज किया हमने डायरेक्ट पहले आई पे नहीं किया सबसे पहले इसको सारी चीज़ डायग्नोज किया तो इसमें छेड़ा हुआ सेट था ये फ़ोन

पे तो था अगर आपको सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप आपको तीन चीजें चेक करनी है तीन चीजें चेंज करनी है अगर वाटर डैमेज सेट है या फिर जो भी इनकेस का कारण है ट्रैक सही है तो आपको यहां पे सारी चीजें चेक करनी है आपको यहाँ पे सबसे पहले यह चेक करनी है तीन चीजें क्या चेक करनी है सबसे पहले आपको क्वाइल और डायोड का कैप्सीटर यह तीन चीज आपको चेक करना है फिर आपको चेक करना है कि हमारा लाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा है अगर लाइट हमारा बन रहा है फ्रेंड तब आपको क्या करना है अगर हमारा ये तीनों चीज चेंज करने के बाद भी लाइट नहीं बन रहा है तो हमें फिर डी को चेंज करना पड़ेगा पर डी एड चें जबकि

जैसे आप डीएड को निकालोगे तो आपको यहाँ पे इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना है बीपीएस पावर चेक कर लेना है कि हमारा बीपीएस पावर बन रहा है कि नहीं ये सारी चीजें तो सबसे पहला हमें जो करना था हमें ट्रैक चेक करना था दूसरा हमें जो करना है सोल्यूशन ए हमारा बूस्ट कोयल ये हमारा डायोड और यह हमारा कैप्सीटर को तीनों कॉम्पोनेट को चेक करना है अगर इसके बावजूद नहीं आता है तो फिर हम आई में जाएंगे तो आई में आपको दो चीज चेक करनी है आई चेंज करने से पहले

वीडो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडो आपको कैसा लगा है तो आईसी चेंज करने से पहले हमें दो चीज़ चेक करना है इसका इनपुट वोल्टेज चेक करना है फ्रेंड और इसका ईएन चेक करना है तो मैं आपको दिखा दूं जो ईएन का रजिस्टर होता है आपको पता होगा हाई वैल्यू का जो हमारा रजिस्टर होता है ये ई का रजिस्टर है और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है तो इसका सल्यूशन ये है फ्रेंड कि यहाँ पे एक आपको जंपर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक रजिस्टर था और यहाँ पे एक था और यहाँ पे फिर एक रजिस्टर था तो ये सारा छेड़ा हुआ सेट था जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो आप यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे एक जंपर मैं थोड़ा सा और आपको दिखाने की कोशिश कर दूँ क्लियर आपको

दिखाई दे जाए

तो ये देख सकते हैं वहाँ पे एक जंपर लगा हुआ है तो इसका सलूशन यही था कि हमने आईसी को निकालने से पहले ये देखा कि यहाँ पे हमारा वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है हमारा यहाँ पे बीपीएच पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हमने देखा कि यहाँ पे रजिस्टर ही हटा हुआ था तो हमने सब ये सेक्शंस को चेंज कर दिया था आई को भी चेंज कर दिया पर हमने ट्रैक को नहीं दिया तो जैसे हमने आई को उठाया तो यहाँ पे देखा हमारा वोल्टेज नहीं आ रहा था इनपुट वोल्टेज नहीं आ रहा था तो हमने देखा कि यहाँ पर रजिस्टर जो लगा था वो ओपन था तो फिर उस रजिस्टर को हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो जैसे इसको इनपुट वोल्टेज मिला यहाँ पर ई हमने चेक किया तो यहाँ पे वन हमारा वोल्टेज

आया और जैसे आईसी एक्टिव हुई तो तो हमारा हमारा बूस्ट वोल्टेज बना लिया फ्रेंड। तो ये था पूरा पूरा राउंड सर्कल पे सेक्शन स्टेप स्टेप। बाय इस रजिस्टर को देख लेना है इनपुट का रजिस्टर है यहाँ पेल्ट रजिस्टर ओपन नहीं होना चाहिए तो, तो अगर इनपुट वोल्टेज मिल गया तो फिर ई

मिलना चाहिए ये ये नगर नहीं है है है तो तो तो तो आप आप आप कहीं 1.8 दे सकते सकते हो सारा चीज़ हमारे सेक्शन में रहता है। तो उसके बाद यह हमारा हमारा पे पे पे आ चुका तो चलिए इसको हम देखते आपको करके बता देते हैं तो फाइनली आप देख सकते हैं फाइनली देख लाइट आ चुका है फ्रेंड

तो ये मैंने डीसी से कनेक्ट किया हुआ है ये हमारा लाइट आ चुका है ये प्रॉब्लम लाइट के लिए आया ही था तो फाइनली सोल्यूसन इसका ये निकला कि वहाँ पे जो हमारा इनपुट का जो रजिस्टर था इनपुट वोल्टेज का जो रजिस्टर था वो ओपन हो गया था तो उसको हमने यहाँ पे हटा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका तो फाइनली सबसे पहले मैं फिर से रिविज़न कर देता हूँ और थोड़ा सा आपको मैं वहाँ के दिखाऊँगा कहाँ पर

आपको करके दिखाऊंगा आपको एक लैपटॉप में भी दिखा दूंगा आपको डायरेक्ट फटाफट वहाँ से भी आपको सलूशन एक बार दे दूंगा। तो चलिए क्योंकि मैंने इनलेस बोला था तो इनलेस सलूशन आपको दूंगा। आई हो अभी वीडियो देखकर करके आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आप लास्ट वीडियो तो भी देखिएगा क्योंकि उसमें भी एक चीज मैं मैंशन करने वाला हूँ

तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं फ्रेंड कि ये जैसा कि आपने यहाँ पे देखा सारी चीज़ें यहाँ पे वोल्टेज को आपने देखा सब कुछ देखा तो इसका जो प्रॉब्लम था इसका प्रॉब्लम यही था कि यहाँ पे जो एक रजिस्टर लगा हुआ था इनपुट रजिस्टर वहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था पर उससे पहले हमने यहाँ पे ये यह तीन चीज़ें कर ली थी स्टेप टू क्या क्या कर लिया था यहाँ पर इसके हमारे आ, इसको जो बूस्ट क्वाइल था और हमारा डाइवर्ट और हमारे कैप्सीटर इन तीनों को हमने चेंज कर लिया था उसके बाद आई चेंज करने ही वाले थे तो पहले हमने यहाँ पर रजिस्टर को देखा वो ओपन था फिर हमने वहाँ पर लगाया और हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अब चलिए अब थोड़ा सा अब हमारे पी में आईगा

और पीसी में भी देख लीजिए कि हार्डवेयर क्या -क्या कर तो तो आप आपको, तो आपको करके दिखाया मैं अपने जिसको बोलते हैं आपको जा...

उसका प्रैक्टिकल वे मतलब जो काम किया वो रिजल्ट होता है वो मैंने आपको दिखाया तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे ये हम देख सकते है एक बार देता हूँ तो चलिए देखिये मैंने बोला था फर्स्ट यहाँ पे फोर फाइव और यहाँ पे नाइन तो काउंट भी करोगे तो भी हमारा ये हो जाएगा सबसे पहले आपको कनेक्टर पे कंडीशन चेक करनी है उसके बाद हमें सभी लाइनों को चेक करना है अगर ओपन होगा तो हम लाइन को चेक कर लेंगे तो देखिए वहीं पे हमारा एक यहाँ पे रजिस्टर मिल गया थोड़ा

वीडियो लंबी है वीडियो आपको हेल्पफुल होगी अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो वीडियो स्किप कर सकते हैं तो देखिए

अगर हम सबसे पहले लाइन की बात करें तो पहली लाइन में हमारी ये जो लाइन थी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये जो लाइन हमारी एनोड की लाइन है तो एनोड में सबसे पहला कॉम्प्लेट हमारा यहाँ पे देख सकते हैं पैलर में कॉम्प्लेन लगा हुआ है फिर सीरीज में लगा हुआ है तो ये हमारा कॉम्प्लेट ओपन हो चुका है हो सकता है तो अब देखिए यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट सेक्शन ही हमारा लगा हुआ है उसके पहले हम इस लाइन को भी चेक करते हैं कैथोड टू और कथोर्ड वन को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी सीरीज कॉम्प्लेट लगा हुआ है इसके लाइन में भी सीरीज कॉम्प्लेट लगा हुआ है तो अगर ये लाइन ट्रैक ब्रेक होती है तो आप यहाँ से भी जा सकते हो बाकी आप ड्राइग्राम भी चला सकते हो मैं ड्राइग्राम नहीं बताऊंगा अभी ये डायरेक्ट हार्डवेयर सोल्यून में दे रहा हूँ

आप तो यहाँ पे देख सकते हो अभी इसके बाद सीधा और सीधा ये सारी चीजें हमारी आईसी पे जा रही तीनों है तीनों लाइने हमारी लाइट आईसी पे जा रही हैं। और जो हमारा ड्रॉ नंबर का पिन था वो हमारा सीएबीसी की लाइन है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा सीए बी की लाइन एलसीडी सी की लाइन और सीधा ये हमारा आईसी पे जा रहा है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो चलिए अब यहाँ पे फटाफट हम आईसीयू की बात करें तो आपको आईसीयू पे जाने के बाद हमने क्या बताया था कि आपको ये बूस्ट कोयल ये डायोड और कैप्सीटर ये तीनों चीज आपको चेंज करना है ये आउटपुट का होता है देख सकते हैं यहाँ पे डायोड आउटपुट जो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कैपसीटर

और ये हमारा पचास बोर्ड का कैपेसिटर होता है बेसिकली तो आपको इन तीनों कंपोनेंट को पहले चेंज करना है उसके बाद भी नहीं आता है तो आईसी चेंज करना है आईसी चेंज करने से पहले हमें वही इनपुट इनपुट वोल्टेज चेक कर लेना तो आप देख सकते हैं यहां पर रजिस्टर लगा हुआ है कैप्सिटर यहाँ पे पैलर में भी एक रजिस्टर तो ये दोनों कॉम्पोलेंट अभी भी नहीं है और इस कॉम्प्लेट नहीं था तो हमने यहाँ पे इसको कर दिया शॉर्ट शॉर्ट कर दिया तो यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज इसको मिला और इनपुट वोल्टेज मिलने के बाद हमें दूसरी चीज क्या चेक करनी है इसका यहाँ पे ई तो आप यहाँ पे देख सकते हो ई का एक रजिस्टर है जो कि सीप्यू से आता है आपको हमें बता दो देखिए ई एन पे लिखा हुआ

ये से आता है उसके बीच में कोई भी नहीं लगा है बाकी चीजें आपने सब कुछ देखा पावर से क्या वोल्टेज बन रहा है सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकिज नहीं आ रहा है तो आप देख सकते हैं जाहिर है हमारा input voltage और हमारा वोल्टेज आ रहा है

तो अगर नहीं आ रहा था अगर यहाँ रजिस्टर सही था यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था तो आप यहाँ पे चार वोल्ट दे सकते हो बेसिक और यहाँ पे यह अपना काम करके इनपुट वोल्टेज निकाल देगा तो बेसिकली आई होप भी वीडियो आपको अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को दबाए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है